नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिसंबर माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों सिंह राशि के जातकों दिसंबर का यह माह आप लोगों के साथ क्या कुछ नया ले करके आया दिसंबर के इस माह में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी और इस माह को प्रभावी एवं शुभ बनाने के लिए क्या ऐसे दिव्य प्रयोग करें साथ ही साथ दर्शकों आपको इसी वीडियो में प्रारंभ में ही आपको बताएंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दिसंबर माह आपके लिए कैसे अनुकूल हो सकता है क्योंकि फोर्थ हाउस आपके जो सुख के घर में है सूर्य बुद्ध का अधिक योग बना हुआ है तो अंत तक बने रहिएगा आगे बढ़े दर्शकों आप सभी लोगों से निवेदन है कि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए दैनिक राशिफल प्रतिदिन हम अपने इस चैनल पर डालते हैं आपको यदि अपनी कुंडली से रिलेटेड प्रश्न है तो आप लोग राशिफल को जाकर के देख सकते हैं वहां पर अपने कमेंट आप लोग करके हमसे संवाद कर सकते हैं और जुपीटर का ट्रांजिट हो चुका है शनि का जो है ट्रांजिट चौबीस जनवरी से होगा इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए हमने बना दिया तो आप लोग इसको भी जाकर के देख सकते हैं राम मंदिर के बारे में जैसा हमने भविष्यवाड़ी किया था आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर लगभग एक से डेढ़ वर्ष पूर्व हमने ये भविष्यवाणी की थी और हुबहू वैसी ही जो है भविष्यवाड़ी हमारी सत्य हुई इसके अलावा हरियाणा चुनाव से रिलेटेड जो भविष्यवाणी की थी वो भी सत्य हुई लोकसभा चुनाव में भी जो भविष्यवाड़ी की थी आप लोग जा कर के प्ले में देख लीजिएगा डेढ़ से दो वर्ष पूर्व ही हमने ये सब बताया था और वही हो रहा है महाराष्ट्र चुनाव की भी भविष्यवाड़ी सख्य हुई तो ये सब आप लोगों का स्नेह है प्यार है आशीर्वाद है इसी आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए हम आप लोगों के बीच जयपुर आ रहे हैं 21 और 22 दिसंबर को और दिल्ली आना होगा 28 और 29 दिसंबर को तो आप लोग हमको जयपुर में और दिल्ली में मिलकर के अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आइए इस माँ के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार इस पर चलते हैं तो देखिए दर्शकों बहुत अधिक इस माह के व्रत एवं त्यौहार नहीं है लेकिन जो मेन मेन है वो हम आपको बता देते हैं आठ तारीख रविवार दिन रहेगा मत्स्य द्वादशी रहेगी और एक जो है क्या कहते हैं गीता जयंती भी रहेगी रविवार दिन रहेगा मुचरा एकादशी का भी व्रत रहेगा इसके साथ साथ नौ तारीख को सोमवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा ग्यारह तारीख भगवान दत्देव जी की जो है जयंती रहेगी और पूर्णिमा का उपवास रहेगा जो भी लोग रोहड़ी में रहते हैं वो लोग 11 तारीख बुधवार को रह सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 15 तारीख को रविवार संकष्टी चतुर्थी रहेगी और 16 तारीख सोमवार के दिन धनु संक्रांति संक्रांति का सीधा सा मतलब आप लोग जान लीजिए सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इसको संक्रांति बोलते हैं अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं इसके बाद जैसे ये धनु राशि में जाएंगे सोलह तारीख को तो धनु संक्रांति इसको बोलते हैं 22 तारीख रविवार दिन सफला एकादशी और साल का सबसे छोटा दिन 23 तारीख सोमवार जो है दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा वहीं 25 तारीख को क्रिसमस का पर्व रहेगा तो सभी लोगों को मैरी क्रिसमस और 26 तारीख को जो दिन रहेगा पौ समावस्या रहेगा सूर्य ग्रहण रहेगा रहे इससे भी रिलेटेड एक वीडियो हम अपने चैनल पर डाल दिए हैं आप लोग जा के देख सकते हैं तो दो का आखिरी माह कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर दर्शकों देख सकते हैं एक कुंडली बनी हुई है कुंडली के बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें ग्रहों के जो सितारे क्या कहते हैं मंगल देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं सूर्य बुद्ध का आदित्य योग आपके फोर्थ हाउस में बना हुआ है फोर्थ हाउस मतलब वृश्चिक राशि में वही शनि गुरु और केतु ये धनु राशि धनुराशि राहु यहाँ पर मिथुन राशि कर रहे हैं और चंद्रमा और नक्षत्रों को मानक मान कर के साथ साथ देखिए दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आप लोग सिंह राशि के हैं और लक्ष्मी प्राप्ति से जो आप प्रयोग हम आपको कहे थे बताने के लिए तो करना क्या होगा देखिए इस माह आपको फुल मून अर्थात पूर्णिमा वाले दिन आपको श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त और कनक धरा स्त्रोत का पाठ करना रहेगा और उसी पाठ से आपको हवन करना रहेगा लेकिन जो हवन की सामग्री रहेगी ये बड़ी विशेष रहेगी हवन की सामग्री में रहेगा क्या तो यदि आप मेल हैं मतलब पुरुष हैं तो बिल्बपत्र रहेगा और देसी घी रहेगा बिल्बपत्र पर आप लाल चंदन से श्रीम मंत्र लिख दीजिएगा कम से कम आप लोगों का लगभग पचास से पचपन या साठ बिलपत्र लगेगा तो साठ बिलपत्र लीजिएगा बिल्बपत्र पे आप लोग श्रीम लिखिएगा बेल की डंडे पीछे से तोड़ करके और देसी घी में डिप करके हर एक ऋचा जैसे जो है श्री सूक्त की पहली ऋचा है ओम हिरण वर्णा हरणिम स्वर्ण रजत चंद्रा हिरण मय लक्ष्मी जातवेदो महा ओम महालक्ष्म नमा स्वाहा तो एक बिल्बपत्र आप देसी घी में डिप करेंगे और उसके बाद आपको स्वाहा बोलना रहेगा दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कि हर शुक्रवार को आपको चावल उबाल लेना है और उसमें आपको चीनी डाल देनी है तो मीठा चावल आपको हर शुक्रवार को गाय को खिलाना होगा ये दो प्रयोग यदि आप कर ले जाते हैं यकीन मानिए दर्शकों किसी ज्योतिषी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी धन के सारे मार्ग आपके प्रशस्त हो जाएंगे उपाय बहुत लोग नहीं बताते कंजूसी करते हैं लेकिन इस चैनल पर उपाय ही बताए जाते हैं तो फटाफट देखिए दर्शकों दो उपाय लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ा हुआ हमने आपको बताया है एक लाइक तो बनता है इसके लिए और आपकी भी जो दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं चलिए राशिफल पर आगे बढ़ते हैं तो सिंह राशि के जातकों इस साल के आखिरी महीने में सर्दियों की शाम में लंबे आराम और विश्राम का आप लोग आनंद लेंगे घूमने फिरने के लिए कहीं दूर के जगह पर आप जा सकते हैं फोर्थ हाउस में सूर्य और बुद्ध बैठा सुख के घर में लग्जीरियस चीज़ों के घर में बैठा हुआ तो आप लोगों को कोई वाहन क्रय करने का योग भी इस माह बन रहा है कोई नया वाहन आप लोग क्रय करेंगे और एक चीज और बता दे जब आप लोग वाहन क्रय कर लीजिएगा तो इस ब्राह्मण को भी आप लोग याद कर लीजिएगा तो वाहन क्रय होने का योग बन रहा है दूसरा कोई फ्लैट या कोई जमीन वगैरह की आप लोगों की रजिस्ट्री हो सकती है और सुख के साधनों में वृद्धि होगी एक चीज़ और बता दें जो दिसंबर का माह रहेगा ये आपके आत्म विकास और अपने शारीरिक गठन में सुधार लाने के लिए आप लोग इसको समर्पित करेंगे दिसंबर में आनंद लूटने से आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना होगा खूब मौज करिएगा क्योंकि साल भर जो है जो चीज़ें आपको नहीं मिली है इस माह में आपको प्राप्त होगी इस कठिन साल के बाद आप निश्चित रूप से जो है मतलब इसके लायक हैं उदाहरण के लिए अपने आप को असाधारण अनुभव का तोहफा दें आपका मूड बेहतर होगा और शायद उस व्यक्ति द्वारा भी खराब नहीं किया जा सकता है जो आपके सामने बुरे इरादे के साथ आएगा आपके आसपास आप आसानी से उसका सामना करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा मंगल पराक्रम के स्थान पर चले गए हैं और मंगल की चौथी दृष्टि छठे घर पर बन रही है तो जो भी आपके शत्रु होंगे जो भी आपकी टांग खींचते होंगे या जो भी आपके कार्यों में विघ्न डालते होंगे अपने आप नष्ट होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस माह किसी लंबी यात्राओं का योग भी बन रहा है आप लोग कहीं पर किसी लंबी यात्राओं पर शामिल हो सकते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ये माह अच्छा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है पंचम स्थान के लॉर्ड पंचम में ही विराजमान है और यहाँ पर आप लोग जो उच्च शिक्षा के लिए छात्र बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए सिंह राशि के जातकों आप लोग जा सकते हैं बहुत ही अच्छा ये समय आप लोगों के लिए रहेगा जो भी पिता हैं सिंह राशि के या जो भी गार्डियन है आप लोग अपने संतान से जो भी आपने अपेक्षा की होगी दिसंबर माह में वो आपको रिजल्ट दे करके रहेंगे इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अधिकार के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी आय के नए नए मार्ग सिंह राशि के जातकों के लिए प्रशस्त होंगे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत प्रबल रहेगी आपके विरोधी समाप्त होंगे उच्च पदस्थ व्यक्तियों तथा विद्वान जनों से आपकी मित्रता होगी इस माह किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपका संपर्क होगा जो सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाएगा तमाम नए एग्रीमेंट होंगे तमाम नए समझौते होंगे तमाम नए आपको लाभ के अवसर मिलेंगे संतान तथा परिवार के साथ आपका समय मनोरंजन में अधिक व्यतीत होगा मात्र तुल्य महिलाओं से वात्सल्य एवं प्रेम का वातावरण आपको प्राप्त होगा संतान के दायित्व की पूर्ति होगी जो भी मतलब योग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति का मतलब जो शादीशुदा लोग हैं उनको संतान की प्राप्ति होने का योग है भूमि भवन के कार्यों में सफलता मिलेगी तथा स्थायी संपत्ति की वृद्धि होगी कोई पैतृक संपत्ति भी इस माह आपको प्राप्त होगी किसी विपत्ति से आपका बचाव होगा जो लोग प्रेमी युगल हैं उनके प्रेम में प्रगाड़ता आएगी विभागीय परीक्षाएं यदि आप लोग देने जा रहे हैं इसमें आप लोगों को सफलता मिलेगी कंपटीशन में आप लोग सफल होंगे क्योंकि तो मंगल यहां फोर्थ दृष्टि से देख रहा है भाग्य के घर का अधिपति तो काफ़ी कुछ अच्छे योग रहेंगे और 16 दिसंबर के बाद और जो है 24 दिसंबर तक की बात करें तो आपका मन किसी के प्रति आसक्त होगा आपके खर्चे बढ़ेंगे कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी आपका चित्त चंचल एवं चलायमान रहेगा शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का कुछ आप लोग ह्रास आपको महसूस होगा स्वयं का तथा संतान का स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित होगा अधिकारियों से वाद विवाद आपके हो सकते हैं यात्राओं में दुर्घटना का भय होगा इसका कारण ये रहेगा सूर्य देव, फिर 16 तारीख के बाद से देखिए धनु राशि में आ जाएंगे सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं सूर्य शनि का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा नहीं है तो संतान कुछ आपकी शैतानी करेंगे जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के ऊपर शक करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे यात्राओं में दुर्घटनाओं का भय बना रहेगा 25 दिसंबर से पारिवारिक समस्याओं के समाधान में बंधु बांधव माता तथा मातृतुल महिलाओं का आपको सहयोग मिलेगा एक चीज और बता दें इस दौरान 25 तारीख से लेकर के 31 के बीच में आपको प्रबल आर्थिक लाभ के सहयोग होते हुए दिखाई पड़ना है। पूर्व में किए गए निवेश आपको लाभ करेंगे दैनिक उपभोग तथा उपयोग की वस्तुएं क्रय करेंगे वैधानिक तथा सामाजिक कार्यों में रुचि होगी स्वयं को स्थिर तथा स्वस्थ अनुभव करेंगे पेट से रिलेटेड अपच छाती के रोग रक्त विकार हाई ब्लड प्रेशर अथवा ज्वर से छुटकारा आपको मिलेगा तो जो लोग बीमार थे बीमारी उनकी छूमंतर होने वाली है स्थान परिवर्तन का योग ये माह दिखा रहा है एक बात और बताना चाहेंगे कि किसी बाहरी व्यक्ति के झगड़े में आपको इंटरफेयर नहीं करना है इनसे आपको बचना रहेगा तो ओवरआल सिंह राशि के जातकों यदि हम एक वर्ड में अपनी बात कहें तो ये माह आपके लिए उसम रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है काफ़ी कुछ साल का ये अंतिम माह आपको दे करके ही जाएगा अब जो हम उपाय बताएंगे, उस पर आप लोग गौर करिएगा और उन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में कभी कोई बाधा आएगी नहीं लेकिन उससे पहले इस माह के शुभ दिवस कौन से हैं अशुभ दिवस अर्थात प्रतिकूल दिवस कौन से हैं उन पर चर्चा करते हैं तो शुभ शुभ दिवस की बात करें तो एक तारीख दो तारीख तीन तारीख दस तारीख बारह तारीख पंद्रह तारीख अट्ठारह तारीख तेईस तारीख सत्ताईस तारीख तीस तारीख इकतीस तारीख आपके लिए शुभ रहेगी वही प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो पाँच तारीख आठ तारीख चौदह तारीख सत्रह तारीख उन्नीस तारीख इक्कीस तारीख पच्चीस तारीख और सत्ताईस तारीख इतने जो हमने तारीख बताई है आप लोग रिमाइंडर पर लाल रंग के पेन से लगा लीजिए खतरा लिख दीजिए मतलब आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी इस माह सबसे ज़्यादा आपके लिए लकी दो नंबर रहेंगे एक नंबर एक और दूसरा नंबर पाँच सूर्य बुद्ध का कॉम्बिनेशन देखिए बना हुआ है दूसरा लकी कलर की यदि हम आपके लिए बात करें तो रेड कलर और गोल्डन कलर सुनहरा कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उपाय पर आ जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि शनिवार के दिन काले तिल उड़द वा का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा। चार बुधवार जो अपंग व्यक्ति हैं, व्यक्ति हैं, हैं विकलांग या दिव्यांग उनको कहते हैं ऐसे जो है मतलब व्यक्तियों को आपको पका हुआ भोजन कराना रहेगा और भोजन कराने के बाद उनको कुछ मीठा भी दीजिए नित्य प्रतिदिन दुर्गा जी के बत्तीस नामों का आप लोग जाप करिए आपको राहत मिलेगा प्रतिदिन भगवान भास्कर के आप लोग दर्शन कीजिए सूर्यदेव को अर्घ और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सभी मुसीबतों से आपको बाहर ले आएगा तो ये कुछ उपाय हमने आपको बताए हैं उम्मीद करते हैं उपाय हमारे आपको पसंद आए होंगे दर्शकों पुनः आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जयपुर में 21 और 22 दिसंबर को रहेंगे दिल्ली में अट्ठाईस उनतीस दिसंबर को रहेंगे आप लोग आ करके मिल सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए यदि आपकी कोई शंका है कोई समाधान है तो विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे जा करके आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार